अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने सम्राट मीर भोज की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने ब्लड डोनेट किया इस दौरान रक्तदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के साथ वर्णा प्रांतीय गुर्जर समाज ने गुर्जर छात्रावास हरदा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया यह आयोजन गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती आरोप किया गया कार्यक्रम की शुरुआत भगवान देव नारायण और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की पूजा अर्चना कर की गई। इस मौके पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनको याद किया गया इस दौरान बड़ी संख्या में सैकड़ों युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया आज जो कार्यक्रम हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस गुजर सम्राट मिहर भोज जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया इसमें ब्लड डोनेशन और फल वितरण वृद्धाश्रम और वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है